अलमैकम एवरी वन तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई फेसबुक का पेज है तो उस पर अगर आप ऑल फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं <coughs> सबसे पहले जब आप अपना फेसबुक ऑन करते हैं और अपने पेज पे जाते हैं जैसे मेरा ये पेज है आईट प्रोग्रामिंग के नाम से तो आपको राइट right क्लिक करके यहाँ पे इन थ्री डोर्स पे क्लिक करना उसके बाद इन्वाइट फ्रेंड्स में जा आपने इनवाइट करना है अपने फ्रेंड्स को लेकिन यहाँ पे अभी जो पहले आप कर सकते थे इनवाइट ऑल लेकिन अभी फेसबुक ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो इसको आप किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अभी आपको इंडिविजुअली एक एक फ्रेंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको इनवाइट करना पड़ेगा जो कि एक लेंदी काम है और उसके लिए आपका टाइम वेस्ट होगा उसके लिए एक एक्सटेंशन आती है जो आप किसी भी वेब ब्राउजर पे इंस्टॉल करके उसके थ्रू ही कर सकते हो तो यहाँ पे आके आप लिखेंगे गूगल क्रोम एक्सटेंशन फॉर इन्वाइट ऑल फ्रेंड्स ऑन फेसबुक ये क्रोम पे आप सर्च करेंगे सबसे टॉप पे एक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें उसके, उसके बाद इसको आपने ऐड टू जो भी आपका वेब ब्राउजर होगा उसके अंदर आप इसको एड करके चला सकते चाहे ओपरा हो क्रोम हो मोजिला फायर फोक्सो वॉट एवर ब्राउजर यू आर यूजिंग उसके बाद एड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है तो ये देखेंगे आपकी एक्सटेंशन एड हो चुकी है यहाँ से आके इसको पिन कर दें टॉप पे ताकि आपको दिखे उसके बाद अपने पेज यहाँ पर पे आप आएंगे अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है इस टिक को क्लिक करना है जैसे आप टिक करेंगे तो कि आपके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को ये सिलेक्ट करता जा रहा है और यहाँ पे आपका काउंटर बढ़ रहा है लेकिन आपको लगे कि 100 फ्रेंड्स के बाद मुझे जो है वो संभाल लें बाकी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करना आपके सपोज पाँच छः सौ फ्रेंड हैं जैसे मेरे हैं तो आपने क्या करना है जैसे ही उतने फ्रेंड जित जितने आपको इन्वाइट करने हो जाए तो उसके बाद सिलेक्टेड पर क्लिक कर लें जैसे ही सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये काउंटर रुक जाएगा और आप उन नंबर ऑफ फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकेंगे सपोज मैं चाहता हूँ हंड्रेड हो गए मेरे ठीक है हंड्रेड होने के बाद मैंने सिर्फ सिलेक्टेड पे क्लिक किया तो देखें काउंटर रुक गया उसके बाद आप सेंड इन्विटेशन करेंगे तो ये नंबर ऑफ फ्रेंड जो आपने इन्वाइट किए हैं उनके पास आपकी ये रिकेस चली गई ठीक है जी ओके कर लेंगे इसको ये देखें इन्विटेशन सेंड आ होप आपको क्लियर हो गया होगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में